शुब आती है एक महका महका साम लगती है मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है पर पर दिल के पास तुम रहती है।